हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब इंडियन वेजी रेसिपीज में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं राजमा मैंने लाल वाले राजमा लिए हैं इनको रात भर सोप करके रखेंगे और बाद में पीने का पानी डाल के इसको दो चम्मच नमक डाल के इसमें बॉईल करने के लिए रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए बॉईल करने के लिए छोड़ेंगे इसे और कुकर की लिड बंद करके हाई फ्लेम पे ही रख लेंगे। दूसरी तरफ हमने जो मसाले की तैयारी कर ली है कर ली है इसमें से हमने चार से पांच प्याज लिए हैं थोड़ा सा अदरक लहसुन और हरी मिर्च और मिक्सी में इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह से इसको पीस लेंगे पीसने के बाद मसाला रेडी करेंगे देखिए बहुत ही आसानी से बन जाएंगे ये हमने कढ़ाई की है कढ़ाई में तेल डाला है थोड़ा सा डालेंगे जीरा उसको ज्यादा ब्लैक नहीं करेंगे हल्का सा ही भूनेंगे और खुशबू आएगी उसकी इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा नमक क्योंकि हमने जब राजमा बॉईल करने के लिए रखे थे उसमें भी नमक डाला था इसलिए थोड़ा कम डालेंगे हल्दी डालेंगे और इसको हल्के हाथों से चलाएंगे और जो हमने मसाला तैयार किया था प्याज प्याज हरी मिर्च अदरक और लहसुन का उसको हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ये देखिए और इसको ढक के रखेंगे बीच बीच में चलाते रहेंगे 10 से 15 मिनट में मसाला आपका बिल्कुल रेडी हो जाएगा और ऑयल छोड़ने लगेगा तो इसका मतलब आपका आ, मसाला जो है रेडी है और इसके बाद हम टमाटो प्यूरी बना के रखी है चार से पांच टमाटर की इसको हम तो मसाले में डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से चलाएंगे पांच आ, पांच से सात मिनट इसको लगेगा पकने में टमाटर जो अपनी खटास छोड़ देगा और ऑयल थोड़ा थोड़ा इसमें से तेकने लगेगा तो आपका टमाटर भी जो है पक चुका है तो इसको हम हमने जो राजमा बॉयल किए थे उसमें डाल देंगे तो देखिए राजमा जो हमारे हमने बॉयल करके रखे हैं इसमें हम मखाना रेडी किया है वो डाल देंगे कोई भी इसमें ज्यादा चीजें नहीं डलती हैं सिर्फ जो नॉर्मली हम प्याज टमाटर की ग्रेवी बनाते हैं वही डालेंगे आप देखेंगे इतना अच्छा टेस्ट आएगा दो तीन तरह के राजमा आते हैं कई थोड़े मोटे होते हैं उनका जो ग्रेवी बनती है वो काफ़ी गाढ़ी हो जाती है बाद में तो हमने तो लाल राजमा ज़्यादातर यूज़ करते हैं जिसको जम्मू वाले राजमा भी कहते हैं थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे अपने अकॉर्डिंगली आपको पानी डाल दीजिए तो देखिए हमारा राजमा बन के रेडी हैं बिना कोई बाहर का मसाला यूज किए कितने अच्छे लग रहे हैं देखिए चावल के साथ या रोटी के साथ खाइए ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाय बाय